तो इसके साथ नया ब्लॉग लेकर और अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रहा था मेरे लैपटॉप चार्ज लगाया और अभी मैं कुछ ब्लॉग देखने का सोच रहा हूँ को को कोई सा ब्लॉग देखा कोई ब्लॉग ही नहीं मेरा नया वाला तो भाई जल्दी से लगाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और चालक को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे हम फिफ्टी सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हैं तो जल्दी से फिफ्टी सब्सक्राइबर करा दीजिए एक तारीख से डेली ब्लॉग आएगा वाला एक तारीख को ही आएगा तो अभी मैं आज तारीख क्या जा? आज ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी नाइन और थर्टी तीन दिन का ब्लॉग मिला के ये वाला ब्लॉग नहीं करता रहेंगे एक ही दिन का ब्लॉग और फिर डेली ब्लॉग आएगा उसके बाद से मैं तीन दिन चार दिन एक हफ्ता लेट रहूँगा डेली ब्लॉगिंग करने का सोचा था पर नहीं हुआ तो अभी थोड़े देना मिलते हैं ये ले रहा लैपटॉप चार्ज ले लगाया तो लाइट स्टिंग भी करना है फोन से भी करेंगे आज थोड़े देना मिलते हैं तो भाई सभी शाम के वजह साढ़े सात फिर बाद कर रहा हूँ और तो आज तो मेरा चैन निकल गया था मैं चैन निकाल रहा है चैन बनाया वापस तो आजकल तो ज़्यादा लाइट नहीं जल रहा है और लॉकडाउन के लॉकडाउन के चक्कर में कोई बाहर नहीं निकल रहा है तो अच्छा है नहीं निकलना सब क्योंकि तो एक दिन पुलिस ने नहीं निकलती थे दौड़ा बाड़ के मारा था और आजकल आज अभी मैं माइंड कार्ड का शूट करने बैठने वाला हूँ फाइनली शूट करते हैं नया माइंड कार्ड हुआ वीडियो मोबाइल में ही खेलेंगे मैंने नया हूम बना लिया पर मैंने दिखाया नहीं बिल्कुल अब दिखाते हैं क्या रिएक्शन आता है कमेंट सब्स में हैं और इस वाला वीडियो को तीन दिन का ब्लॉग है तो आधा एक घंटा का ब्लॉग होने वाला नहीं है पार्ट दो पार्ट में आना चाहिए या आधा घंटा का तो कहीं मैं ये तो दो मिनट खाऊ गया होगा सुबह से तो चलिए कल कर तो खत्म कर देंगे तो एक तारीख का डेली ब्लॉग आने वाला है कहीं देखते हैं थोड़े देर में फाइनल सेटअप पिछला वाला अलग था वो अब इधर जी है पर इधर मेरा यहाँ लैपटॉप और लाइफ स्टेट ऑन तो गाइस कल से बिल्कुल ब्लॉग डे की अब मैंने और अभी दूसरा दिन हो गया और आज तारीख है ट्वेंटी नाइन और कल आखिरी दिन है इस ब्लॉग का एड कल इसको एंड कर दूँगा और फिर नया ब्लॉग एक तरीके से चालू करूँगा और एक तरीके अभी आज नया वाला अभी माइंड का शूट करना बाकी है मैं सोच रहा हूँ छोटे देर में माइंड का भी शूट करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा है कुछ लाइव स्ट्रीम नहीं कर रही तो अभी मैं टेक्नोलॉजी का वीडियो देख रहा हूँ और अभी सारी दस हो रहा है अभी ग्यारह बजने वाला है तो हम थोड़े देर में मिलते हैं कल तो बिल्कुल ब्लॉग नहीं डे टू हो गया डे तीन दिन का मिला के वाला ब्लॉग ट्वेंटी मिनट का तो होने ही इतने देर बाद तो थोड़ी देर में थोड़े देर में ही मिलते हैं ऐसा yes, अभी मैं सूप पी रहा हूँ और टेक्नो गेमर का भी वीडियो चल रहा है और ग्यारह बजने वाला और मैं सूप बना के लाया और चलो पीते हैं और फिर मिलते हैं शूट भी करना है अभी अभी मैं बैठा था वन के भी उस थमनेल का एडिट करने तो एडिट तो हो गया ये वाला थंबनेल इसी वीडियो का है तो वन के लिए थैंक यू सो मच गाइस वन हो गए हैं तो वन के वी और वन के सब कर फिफ्टी सब कर ज़्यादा जल्दी से कर दीजिए और अभी तो क्लास में देने के बाद मिलता हूँ तो, तो मैं ना और गेम प्ले तो बिल्कुल शूट शूट नहीं क्या, अभी शूट करना बाकी है और मेरे को देख रहा है और अभी टीवी बंद है तो में मिलते हैं आज डेट शाम के छह बज रहे और अन्या ये क्या चीज खा रही है तू भुट्टा खा रही है ना और पेपा पे देख रही है तो गाइस अभी आठ बज रहे और अभी मैं सारा अपने रूम में सोया था तो यूट्यूब देखा था तो गाइस अभी तो कुछ दिन भर में कुछ कमी ब्लॉग हुआ है तो थोड़े दिन में मिलते हैं गाइस बन के व्यूज़ देखते हैं लैपटॉप में कितने हुए हैं अभी बड़े होंगे इस वाले ब्लॉग के बाद बढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से गाइस थोड़े देर मिलते हैं तो गाइस रात भी अभी दस बज रहे हैं और मैपने में आ गया सोने के लिए कुछ ऐसा सब तक मैं तो ऐसा मच्छरदानी में लगा पड़ता है क्योंकि मच्छर कैटते हैं रात को और मच्छर वो है अब तक और कम्बल तो गर्मी में कंबल ले लेता हूँ और अभी तो मैं YouTube देखूँगा ग्यारह ग्यारह या बारह उस तक और फिर सो जाऊँगा टी वी में देखता हूँ दिल्ली दे और इसके द्वारा ये ना ये चीज और इसको मोबाइल पर देता हूँ गुड नाइट गाइस अब जब लोग लोगों को उससे लाभ की चूड़िया नहीं लेनी थी तो क्या गाइस तो अभी मैं सुख के उठाऊ और स्वागतों से ब्लॉग्स लेकर ग्यारह बजे उठाऊ अभी करूँगा और थोड़े देर में पीने की जो सामग्री थी अभी मैं के उठा और मैं 41 वन सब्सक्राइबर वगैरह देखा और अभी मैं अभी उसका वीडियो देख रहा हूँ गेमर का वीडियो देख रहा है तुम्हारा भाई और जो जल्दी से 9 सब्सक्राइबर चाहिए बस मुझे शेयर कर दीजिए प्लीज गाइस पता सबक्राइब और चैनल मैं जीतूंगा और देखना बाद में सूच क्या बोलेगा बोलेगा कि मैं तो नहीं लगाया था तू तो रोएगा बोल के सिच्चे बोलता है इसलिए क्या उसका चैनल सबको मत कीजिएगा जब सब्सक्राइब किया कियाब करके वापस आ जाओ ठीक है राइा का ब्लॉग देख रहा हूँ और इधर वीडियो शूट कल से नहीं किया बाकी हमारे चैनल में आना का बहुत आधा एक घंटा तो बारह तो नहीं सोया हूं, मैं रात को सो गया था और में दर्द हो गया मेरे को इस में मिलते हैं अन्य कहाँ जा रही है तू मस्त वाला कस्टम हुआ जिसमें मैंने खेला है और मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तो डे टू का कस्टम था और मैंने इससे पहले आपने स्क्रीनशॉट शॉट देख लिया तो अच्छा है तो डाल दिया मतलब उससे और ये तो एक तारीख को 12 बजे आएगा और अभी मैं रैंक कुछ करने तो वाई जगह बिल्कुल टॉप टीम्स खेली है जिसमें डी ने कस्टम कराया था और जो मेरा दोस्त था आई और इन जिसका मैंने मैं स्क्रीन शॉट उसने कस्टमेट किया था तो मुझे भी कास्ट्यूम लग रहा था पर मैं कास्ट्यूम नहीं किया और एक और सोट डिजाइन मेरे तो पास आसान करता रहता है और व्लॉक करके जाके अंसर था फिर को तो मैं थोड़ा रैंक कुछ करने के बाद मिलता हूँ और बस थैंक यू यूज तो ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिए वन के व्यूज़ से हम सीधा वन के सब्सक्राइबर करने पचास सब्सक्राइबर करने जल्दी से सपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए शेयर जितना सके शेयर कर दीजिए आज का ब्लॉग इतना ही चुन दिन गुड बाय आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं हम मेरे मन बघू बाय इतना ही ब्लॉक में होगा तो मैं जल्दी से सब सबका कर लीजिए मैं भी लूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉक में तेलंग ऑलवेज फीके रास्ते पर नहीं पढ़ना फीका